खुद सो रही है और मुझे मलाइका का फीडर बना दो बताओ मैं अवेला हूँ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉक a few moments later kya kya kya cheez kya kya kar rahi hai patang uda hai mlaike keh rahi hai ji patang udao chalo udate hain patang ye pakdo ye pakdo khushi ho rahi hai dekho dekho iska kaam check karo zara क्या क्या अरे कहना क्या अरे चाहते हो बात अंडे वाला बर्गर <laughs> मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कैसे उड़ाओगे आप पतंग उड़ाना ये जी पतंग उड़ा रही थी अभी ए, मैं नहीं मानता अभी पतंग उड़ाएगी मलाई का है उड़ाना कैसे उड़ा रहे थी डोर कुछ भी नहीं है भाई चले एक काम कर 200 रुपए दे और रुपए ओवर एक्टिंग के वजह से मैच मैच मैच लीते है बांक, बांक। <laughs> <laughs> 6 <laughs> and a half hours later Namatalli <laughs> Namatalli यार अभी सो के उठाऊँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ और ये लाइक आउट गई है अभी सहरी करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं